कांग्रेस विधायक सुनील शराफ विवाद में है विधायक शराफ मैं हूं डॉन गाने पर नाचते और फायरिंग करते नजर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं कोतमा के कांग्रेस विधायक सुनील शराफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मैं हूं डॉन गाने पर विधायक शराफ को इतना जोश आ गया की वे अपने होश खो बैठे जोश जोश में विधायक ने अपनी पिस्टल निकाली और फायर कर दिया कांग्रेस विधायक का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है इसकी शिकायत पूर्व विधायक दिलीप जायसवाल ने पुलिस अधीक्षक से की है यह वीडियो एक जनवरी का है जब विधायक सुनील सराफ ने अपना जन्मदिन का आम लोगों के साथ कई कांग्रेस नेता भी वहां मौजूद थे सब फिल्मी गानों पर डांस कर रहे थे इस दौरान विधायक ने रिवॉल्वर निकाल कर फायरिंग की गनीमत रही की उनकी पिस्टल का मुंह ऊपर की ओर था अन्यथवा कोई भी अनहोनी हो सकती थी विधायक शराब का फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आने के बाद, के बाद मध्य प्रदेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस विधायक का इस तरह पिस्टल लहरा कर डांस करना गलत है उन्होंने अनुपुर एसपी को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं मैंने भी देखा है वो वीडियो इस तरह से फायरिंग करना लहराना डांस करते में कोई अनहोनी नहीं हो ये गलत है मैंने कार्रवाई के निर्देश अनुपुर एसपी को दिए विधायक शराब जिस पिस्टल से फायर करते दिखाई दे रहे हैं वो उनकी लाइसेंस ही गन है जो साल भर पहले ही रात्रि के समय हुए विवाद के बाद विधायक ने अपनी सुरक्षा के लिए ली थी जब विधायक ने फायर किया उस समय मंच आरोप कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सोनी और कोतमा नगर के उपाध्यक्ष के पति बद्री तामकर भी मौजूद थे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें